गाइज ये इल्यूजन आपके होश उड़ा देगा बस आपको इस पॉइंट पर 30 सेकंड तक बिना पलक झपकाए देखना है और गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा